मन हा हिका भेस बनाया शाम चूड़ी बेचन आया का भेस बनाया शाम चूड़ी बेचने आया छलिया का भेत बनाया शाम चूड़ी बेचने आया झोली झोलिकंदे दरी उसमें चूड़ी भरी झोली झोलिकंदे दरी उसमें चूड़ी बड़ी गलियों में सोर मचाया शाम चूड़ी में आया गलियों में सोर मचाया साम चूड़ी बेचन आया खलिया का बेज बनाया साम चूड़ी में राधा ने सुनी ललिता से कही राधा ने सुनी ललिता से कही मोहन को मोहन को तुरंत बुलाया तमचूरी बचन आया खलिया का चूड़ी में तेने आया चूड़ी लाल नहीं पहनू चूड़ी हरी नहीं पहनू चूड़ी लाल नहीं पहनू चूड़ी हरी नहीं पहनू मुझे शाम रंग है भाया श्या चूड़ी बेट में आया चलिया का भेद बनाया शाम चूड़ी बेट में राधा पहनने लगी श्याम पहनाने लगे राधा पहनने लगी शाम पहनाने लगी राधा ने राधा ने हाथ बढ़ाया शाम चूड़ी बेट में आया छलिया आका देश बनाया शाम चूड़ी बेट मै आया राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े धीरे से हाथ दबाया धीरे से हाथ दबाया सामचूरी में चया मनेहार भेस बनाया श्याम चूड़ी भेट आया छलरा का भेस बनाया श्याम चूड़ी बेट आया मनिहारिन का भेस बनाया श्याम चूड़ी भेट